बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पर ठीक है हम बच्चों को सही चीजें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना इज्जत का ख्याल रखना लेकिन इसके बावजूद मैं सभी माता-पिताओं से एक निवेदन करूंगी चाहे वो यहाँ बैठे हैं जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं इन सारे संस्कारों के साथ साथ लेकिन एक वाक्य हर माता पिता अपने बच्चे से कहे की चाहे कुछ भी हो जाए तुमसे बड़ी, बड़ी से बड़ी गलती, से गलती, गलती हो जाए गलती हम तुम्हारे साथ हैं हम साथ, साथ नहीं छोड़ेंगे